दो के इतने खाए मैंने गिल्लू तो हजार है फायदा सब उठाने वाले दिखने वाले चार थे कुछ से मतलब रखने वाले दोस्त को बेकार थे पैसों से ही पैसों के गुलाम ये थे तो उसको आगे क्या है करना मुझसे कैसे बढ़ना मुझसे लब तेरी वही उसको कैसे हासिल करना करमा गुस्सा का तो उसको आगे जाके कैसे भरना सीख ले तू, तेरी गलतियों से सीख ले ले तू, तू, सोच ही है सब कुछ तेरा आगे बढ़कर जीत ले जो भी तुझको नीचे कीचे, उसको पहले छोड़ दे, जिंदगी से हम सब सीखे मुश्किल हो तो तो तोड़ दे, नकली छोड़ तू देखनी नफर करता वो भी सीधा चल जाएगा जो पीछे थका तेरे वो भी थोड़ा हिल जाएगा हिल जाएगा सब कुछ तुझको मिल जाएगा तो हो चुका हूँ सफलता की भूख में भरोसा भी नहीं कर पाता मैं लोगों पर अब भूल ऐसी हो। अपने होश को। लेकिन होशी नहीं है तू तो पकड़ है नशे में पैसे का नशा है किसको प्यार का नशा है कुछ तो अब करना है तब नजरें तेरी मंजिल पे क्यों बुजिल सा मरना है हाँ सब बच्चे का सोच से अनाड़ी है डर जाएंगे गर्दी में बस की सवारी है आगे क्या है कहना मेहनत करता हो खिलाड़ी है पे है भरोसा तो क्या डरना इस समय का ये प्यार? मतलब की शिकारी है पैसा है तो जेब में पर अंदर से बिकारी है, तो को ही है जानते, अभी को नाम दे वक्त लेगा जितने में मंजिल मेरी भारी है ना